सिंह राशि के जातकों देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए कैसा रहेगा देखिए दर्शकों देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में पंचम और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं ये गोचर आपके छठे स्थान से होगा तो छठा स्थान जो है ये किस चीज का होता है ये अत्यधिक आपके चिंता का होता है साथ ही साथ शत्रु का होता है छठा स्थान जो होता है ये लोन्स का होता है उदर के निचले भाग से संबंधित जो भी रोग होते हैं ये छठे स्थान से देखे जाते हैं छठा स्थान आपके कंपटीशन का होता है तो शिक्षा के लिए बेहतर रहेगा कंपटीशन के लिए देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपको कंपटीशन क्वालिफाइड कराएंगे यदि कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं निश्चित रूप से आपका वो इंटरव्यू क्रैक होगा आप लोग देखिए स्क्रीन पर देखिए कुंडली बनी हुई है और छठे स्थान से देखिए यहाँ पर बैठ करके पंचम दृष्टि कर्म के भाव को दे रहे हैं तो टीचिंग क्षेत्र से रिलेटेड कोई भी यदि आपकी भर्ती कोर्ट इत्यादि में जो है लटकी हुई छठा स्थान कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों का भी होता है तो कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि शिक्षा के क्षेत्र से विशेषकर कोई भर्ती आपकी लटकी हुई है तो निश्चित रूप से उसमें आप लोग सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको सलाह दे रहे हैं कि डट करके आपको मेहनत करना पड़ेगा इस समय में मनचाहा परिणाम आपको मिल सकता है लेकिन यहाँ पर शनि बैठकर के मेहनत आपसे बहुत ज़्यादा मांगेंगे और जो सब्जेक्ट के चुनाव होंगे इनमें आप लोगों को सीनियर्स की मदद लेनी होगी जैसे कुछ लोग यूपीएससी का मेंस लिखते हैं या यूपीपीएससी का मेंस लिखते हैं तो इसमें भी आप लोगों को सीनियर्स की मदद लेनी जो है रहेगी विदेश जा करके यदि पढ़ने के बारे में सोच रहे हैं तो उच्च शिक्षा के लिए आपका ये सपना भी सच होगा साकार होगा माता पिता से धन का भी आपको पूर्णता सहयोग मिलेगा साल के मध्य में नौकरी में यहाँ पर कोई आप लोगों को बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है साथ ही साथ एक बात बता दे कि यदि जब देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे तो संतान से रिलेटेड आप महिला है, तो है, तो जो, जो है, आप हैं तो कोशिश कीजिएगा सितारे सलाह दे रहे हैं नथा कुछ अनहोनी आपके साथ हो सकती है अगर आपका कोई विरोधी है तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं किसी पुराने वाद विवाद की वजह से मानसिक परेशानी हो सकती है छठे स्थान पर बैठे देवगुरु बृहस्पति अपनी जो है सप्तम दृष्टि उच्च राशि को दे रहे हैं तो उच्च राशि पर देने से होगा क्या देखिए आप लोग समझिए दर्शकों अः यहाँ पर जो द्वादश स्थान होता है ये होता है आपके मोच का ये होता है सैया सयासुख का ये होता है विदेश का ये होता है व्यय का तो खर्चे आपके अधिक बढ़ेंगे निश्चित रूप से खर्चे बहुत अधिक बढ़ेंगे पैसे का फ्लो होगा लेकिन खर्चों से आप बहुत ज्यादा परेशान होंगे विदेश यात्राएं आपकी होगी विदेश से जो कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहा है उनके लिए काफी कुछ अच्छा रहने वाला है वहीं पर नॉन दृष्टि सेकंड घर कुटुंब के घर को दे रहे हैं तो कुटुंब में आपकी किसी से तो हो सकती है किसी से मतभेद हो सकते हैं साथ ही साथ यदि आपका कोई फिक्स धन है तो किसी चीज में आपके लिए लग सकता है चाहे आप लोग घर बनवाएं या वाहन खरीदें एक बात और बताएंगे देवगुरु बृहस्पति के इस, इस सिंहराशा उपाय क्या करना रहेगा देखिए यहां पर आप लोगों को हम सलाह देंगे कि नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना कीजिए क्योंकि जो गुरु है इनके जो है देवगुरु बृहस्पति इनके भी गुरु ये भगवान शिव हैं तो यहाँ पर यदि आप लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं और भगवान शिव की आराधना करिए बृहस्पतवार वाले दिन भगवान भोलेनाथ को आप लोग गेहूँ जो है जरूर अर्पित करिए तथा आप लोग सात ब्राह्मणों को हर बृहस्पतिवार को आप लोग भोजन जरूर कराइए कोशिश कीजिएगा कि शिखा जरूर रखिएगा अपने सर पर जो है जितने समय के लिए बृहस्पति नीचे हो रहे हैं साथ ही साथ यहाँ पर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 Badi badi sa.